बगल में बना जो बेल आइकन है घंटी है इसको आप लोग जरूर दबाइए और अभी यानी रात्रि दस से ग्यारह बजे तक की जो हमारा ये कार्यक्रम आज चल रहा है यह लाइव चल रहा ला है और आप लोग हमको जो है फोन कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस ये तीन चीजें बताइए और स्टार्टिंग में बोलिएगा जय माता दी तो हम आपकी कुंडली के जो है प्रश्नों का उत्तर देंगे और भी ज्योतिष से संबंधित यदि कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं दर्शकों आज आश्विन शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है और सोमवार का दिन रहेगा तिथि दर्शकों यानी कि यदि हम बात करें अक्टूबर की सुबह मिनट से शुरू हो चुकी है और आज यानी सात अक्टूबर की दोपहर बारह बजकर अड़तीस मिनट तक की रहेगी आज के दिन नौ दिवसीय नवरात्र पूजा संपूर्ण हो जाएगी आज नवरात्र के आखिरी दिन मां दुर्गा की नवी और अलौकिक सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी आज के दिन श्रवण नक्षत्र में देवी सरस्वती का विसर्जन किया जाएगा श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र रहेगा आज शाम पांच बजकर छब्बीस मिनट से शुरू होकर आठ अक्टूबर की रात्रि आठ बजकर बारह मिनट तक रहेगा दर्शकों उत्तरा जो नक्षत्र रहेगा ये जो है सात अक्टूबर की शाम पांच बजकर पच्चीस मिनट तक की रहेगा उत्तरा अषाढ़ा नक्षत्र में जिनका भी जन्म होता है जिन भी जातकों का जन्म होता है ये काफी ऊंचे कद के होते हैं गठिले होते हैं और इनका जो शरीर होता है ये बहुत ही हृष्टपृष्ट होता है दर्शकों पंचांग पर ही आपको हम सीधे लिए चलते हैं पंचांग वार, करण मानक मान करके गया है। तो सूर्योदय शुक्ल पक्ष की दर्शकों जो तिथि रहेगी नौवी तिथि बारह बजकर अड़तीस मिनट तक की रहेगी इसके उपरांत दसवीं तिथि लग जाएगी योग रहेगा सुकर्मा इसके उपरांत धृत्य योग रहेगा नक्षत्र उत्तरा साढ़ा इसके उपरांत श्रवण नक्षत्र रहेगा करण रहेगा कौलो और तैिलोर चंद्रदे चलायमान रहेगा मकर राशि में चलायमान रहेंगे सूर्य कन्या राशि में चलायमान रहेंगे दर्शकों राहु काल की बात कर लेते हैं राहु काल सुबह सात बजकर बत्तीस मिनट से नौ बजे तक की रहेगा यदि आपको शुभ कार्यों को करना होगा तो शाम को कर सकते हैं पांच बजकर छब्बीस मिनट से छह बजकर छह मिनट तक की और सुबह अमृत काल में कर सकते हैं दस बजकर चौबीस मिनट से दोपहर बारह बजकर दस मिनट तक का अमृत काल रहेगा शुभ कार्यों को आप कर सकते हैं नौमी तिथि के बारे में देखिए दर्शकों हमने आपको बताया था कि नौमी को लौकी और दसवीवी को कलंबी का फल नहीं खाना चाहिए तो शास्त्रो में मनाही होती है लौकी के बारे में तो यहाँ तक की जो है कहा जाता है कि यदि आप लौकी का सेवन खाते हैं तो शास्त्रों में कहा कि समझिए आप गौ खा रहे हैं तो नौवी को जो है लौकी का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए और दसवीं तिथि जो दर्शकों होती है कलम्बी का फल नहीं खाना चाहिए एकादशी तिथि को जो होता है इसमें जो है चावल का सेवन नहीं करना चाहिए दाल का सेवन नहीं करना चाहिए और एक साग आता है आ, इसका हम आपको देखिए नाम बताएंगे उसका भी सेवन नहीं किया जाता है तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग लेकिन हाँ सोमवार दिन रहेगा तो दिशाशुल की बात कर लेते पूर्व दिशा की ओर दिशा रहता है दरपड़ देख करके आप यात्रा करिएगा और पहले पश्चिम की ओर आप चार पथ चल लीजिएगा फिर आपको यात्राएं करनी होंगी तो मेष राशि के लिए कैसा कुछ रहेगा आज का दिन तो मेष राशि के जात को देखिए आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा शुभ रहेगा आज आपको घर परिवार की कुछ नई जिम्मेदारियां संभालना पड़ सकता है आज आपकी दोस्ती पहले से अधिक मजबूत होगी मेष राशि के व्यापारी वर्ग को आज अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपका स्वास्थ्य पहले से ज्यादा फिट रहेगा मानसिक रूप से आज आपको संतुष्टि बनी रहेगी मेष राशि के जात इसके साथ साथ जो मेष राशि के हमारे जातक हैं रुका हुआ धन इनको आज वापस मिलता हुआ नजर आएगा और आज के दिन जरूरतमंदों को जरूर कोशिश रहेगा, रहेगा हमारी जो अग्नि राशि वृषभ राशि आती है लेकिन उससे पहले जो मेस राशि के जातक है इनके लिए उत्तर दिशा आज बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली दिशा रहेगी तो उत्तर दिशा की ओर किया गया प्रयास सार्थक होगा के जातकों आज, आज आज आपका आत्मविश्वास आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा बढ़े हुए से आपके सभी कार्यों में सफलता हासिल होगी ऑफिस में आज काम का दबाव कम रहेगा आज आप बड़ा रिलैक्स फील करेंगे वृषभ राशि के जातक आज किसी तीर्थ स्थान पर जो है जा सकते हैं दांपत्य सुख में बढ़ोतरी होगी आज कोशिश कीजिएगा वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा और यदि आप अविवाहित तो आगे चलकर विवाह में प्रणित हो जाए आपको करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन सूर्यदेव को अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा दर्शकों देखिए आप लोग फोन करिए फटाफट टाइटल में भी देखिए नंबर है और तमाम दर्शक जुड़ गए हैं एक फोन कॉल लेते हैं हेलो भैया आपसे मुझे अपनी जानकारी लेनी है आप मुझे बता देंगे हाँ हाँ हा, बिल्कुल थोड़ा बहुत क्या हम पूरा आपको बता देंगे जी भैया ट्वेंटी फाइव जीरो नाइन उन्नीस सौ नब्बे ट्वेंटी सुबह पैतीस मिनट कानपुर उत्तर प्रदेश बताइए भाई साहब सिंह लग्न की आपकी कुंडली और जो राशि आती है वृश्चिक राशि आती है नीच के चंद्रमा हो गए बताइए भैया मैं आपको थोड़ा गिजरा तो है की एक तरीके से तो मैंने सुसाइड करने का मतलब विचार आने लगे थे नहीं ऐसा मत, मत करिए जो जीवन होता है बहुत ही अनमोल कृति होती है ईश्वर की दी हुई इसको लेने का हक आपको नहीं है जी मैं मैं मैं देश के लिए कुछ करना चाहता तो अपने हर चीज़ के आपकी हम इसमें कमी नहीं देंगे चल रही थी पिंगला में संकटा का चरण चल रहा है मार्च दो हजार बीस तक की आप इंतजार करिए कुछ नहीं आपको करना है उसके बाद आपका अपने आप सारा काम होगा और हम बड़े जो है मतलब आश्वस्त होके कहते हैं कि आप इसी चैनल पर आएंगे भागी श्रृंखला में बैठेंगे और इंटरव्यू आप देंगे और बताइए बहुत अच्छा आपको सक्सेस मिलेगी ये बिल्कुल श्योर है एक आप कार्य ये करिएगा कि सूर्य का एक रत्न है माणिक इसको आप धारण कर लीजिए बस एक क्वेश्चन है कि मैं मतलब व्यापार के क्षेत्र में बहुत मतलब हासिल मैं करूंगा मुझे विश्वास है करेंगे तो तक वेट कर लीजिए कभी भी पार्टनरशिप में कोई कार्य मत करिएगा पार्टनर आपको डुबो देंगे जी. तो आप एक मारिक पहन लीजिए ठीक है जातको आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा जानदार रहेगा शानदार रहेगा सकारात्मक विचारों के साथ काम को आज आप आसानी से पूरा कर सकते हैं मिथुन राशि के के के जातकों लिए आज का दिन बड़ा बेहतर रहने वाला है किसी ऐसे रिश्तेदार से निमंत्रण आ सकता है जहां आप बहुत दिनों से ना जा पाए हो समाज में आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा पढ़ाई में कुछ नया करने को आज आप विचार करेंगे और आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि गाय को रोटी खिलाईगा और किसी छोटी कन्या को जो 10 साल से कम कमती हो उसको कुछ आप मीठा दीजिए आपके सारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे आपके लिए शुभ कलर रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा कर्क राशि पर आगे बढ़े एक फोन कॉल और लेते हैं हेलो जय माता दी जय माता दी तो वो एक्चुअली मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है हाँ जी पूछिए डेट ऑफ टाइम बताइए चौबीस सेप्टेम्बर सेवन जी सुबह बजे जी uh, पटना और दानापुर जगह है एक्चुअली इसकी शादी नहीं हो रही है शादी इसकी कुंडली में द्विभारिया योग बना हुआ है किसका दो भारिया योग अर्थात दो शादियों का योग इसकी कुंडली में बना हुआ है इसका क्या किसी हाँ अच्छा क्या इसका किसी और के साथ कोई चल रहा था जो ब्रेकअप हुआ हो आप हो आप लोगों ने किया नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है लोगों तो, तो, तो शादी की जो बात आप बात कह रही हैं शादी हमको दो हजार बीस में दिखी हुई दिखाई पड़ रही है वही जो है जून के आस पास तो कोशिश हाँ तो कोशिश ये कराइए इनको कि सबसे पहले तो ये फ्राइडे के दिन शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर एक नारियल सूखा नारियल जो है उसको अर्पण करना शुरू कर दें अच्छा अच्छा दूसरा इनको करना क्या रहेगा एक पारत का शिवलिंग ले आए और पारत के हाँ पारत के शिवलिंग पर डेली गंगा जल से अभिषेक करें जी तो कर कर राशि के जातको आज आपका दिन सामान्य रहेगा ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहेगा काम पूरा करने में सहकर्मी की आपको मदद मिले कि बिना सोचे समझे बोलने से बचिएगा अन्यथा आपके जो बनाए काम है ये बिगड़ सकते हैं बेहतर होगा कि किसी बात को बोलने से पहले अच्छी तरीके से आपको सोच समझकर बोलना है माता पिता की मुलाकात हो सकती है, है जलार्पण करें और एक तुलसी जी के जो है पौधे के पास एक दीपक आज आपको जो है प्रज्वलित करना रहेगा जिससे आपका आर्थिक पक्ष बड़ा मजबूत रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा वही के को आज आपका रहेगा रहेगा की तरक्की से से आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा भुनी चीजों को खाने आज आज आपको बचना जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने का दिन है काम को टालने से नुकसान की संभावना बढ़ सकती है दोस्तों के साथ आज किसी धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकते हैं आज जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और एक बात बताना चाहेंगे की आज आपको उच्चाधिकारियों से कुछ गुड न्यूज मिलेगी आज आपका प्रमोशन हो सकता है सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकती है उपाय करना क्या रहेगा तो कि आज के दिन भगवान शंकर पर शमी पत्र चढ़ा करके गंगा जल से अभिषेक कीजिए देखिए भगवान भोलेनाथ को अभिषेक बहुत प्रिय है भगवान विष्णु को अलंकार बड़ा प्रिय है वो कहते हैं ना कि अलंकारा प्रिया विष्णु जलधारा प्रिया शिवा ब्राह्मणा मधुरा प्रिया और आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा सिंह राशि के जात को ये रहेगा रेड कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अच्छे शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा कन्या राशि पर आगे बढ़े उससे पहले देखिए फटाफट एक फोन कॉल ले लेते ले हैं हलो जय माता दीका जय माता दी जय माता, दी। माता दी। जी जी हां इधर बो जी बोल रहे हैं जी सत श्री अकाल हां जी हां जी सत श्री अकाल जी बताइए हां जी सर आपसे पूछना थी कुछ था दो बहुत दिनों लाइन से मिले पर जी जी, जी आपसे तो बात हो हाँ, चुकी है पहले नहीं चार पांच जनवरी या अप्रैल में हुई थी जी जी जी बताइए हां घर कोई तरक्की दे के ये उपाय दे दो कोई डाटा अब टाइम बताइए बारह चार उन्नीस जी अठहत्तर ए पांच स्पोर्ट पर्सन है आप भाई साहब देखिए तरक्की के लिए सुर को जल दीजिए अच्छा जी सरकारी सेवा में यदि आप तरक्की चाहते हैं प्रमोशन चाहते हैं तो सुर को जल दीजिए अच्छा जी।, जी दूसरा हमने शायद आपको पुखराज बताया था पहनने के लिए जी सर सर सर मैं मतलब सर, नहीं, नहीं। हाँ तो गुरु की महादशा चल रही है आपका लग्नेश भी है कर्मेश भी है केंद्र में आ गया है तो भाई साहब आप पुखराज पहनिए ना क्यों नहीं पहन रहे है? हमने आपको तभी बताया था सर आपने सच्ची बात है, ये मतलब है नहीं सर। जी तो कोशिश कीजिए कि का एक पुखराज पहनिए छह से सात कैरेट का अच्छी क्वालिटी का गोल्ड में बनवा करके और सुर को डेली आप जल्दी डेली प्रतिदिन जल्दी सर, हाँ, सर एक चीज़ जैसे मतलब मैं खेलने वाला स्पोर्ट्स मैन हूँ तो हॉकी में नहीं खेल सकते बाहर टूटने का है। जब आप ग्राउंड में उतरिए तो उसको निकाल करके रख लीजिए फिर आप जब ग्राउंड के बाहर आइए तब पहनिए हमारे पास तमाम मतलब स्पोर्ट्स से जुड़े लोग आये गले में ही डाल सकते हैं। गले में आप पहन सकते हैं गले में बिल्कुल। कौन से दिन में डालू सर थर्सडे के दिन थर्सडे के दिन नहीं डालिए गुरुवार के दिन, दिन।, गुरु के, दिन। के दिन। जी जी जी ठीक है जी। सर ठीक। जय माता तो कन्या राशि के जातकों आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा किसी रिश्तेदार के लिए घूमने आज आज आज जा सकते हैं शुभ कामों में जो है आज आपको ध्यान लगाना रहेगा जिससे आपको बेमार खुशियां मिलेगी और एक काम और करिएगा कन्या राशि के जात को आज आपके बच्चे उडंडता न करें अन्यथा आप किसी मुसीबत में फंसते हुए नजर आएंगे तो ये आपको देखना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आटा लीजिएगा और गाय को डाल दीजिएगा चीनी डाल के लोग चीटियों को डालते हैं लेकिन आज आप गाय को खिलाइए आपका दिन बेहतर जाएगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा हरा ग्रीन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा के को दिन मिलाजुला रहेगा किसी मित्र की मदद से आज आपको का मौका मिलेगा फिजूल खर्ची से बचने की आज आपको कोशिश करनी है शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले अलर्ट रहिएगा बेहतर स्वास्थ्य के लिए कोशिश कीजिएगा कि आज सूर्य की रोशनी में आपको थोड़ी देर जरूर बैठना रहेगा किसी खास काम में जल्दबाजी करने से बचिएगा आज आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आज, आज आपके मन में बहुत ज्यादा चिंता रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो शिव चालीसा का आज, आज आपको पाठ करना रहेगा और भगवान भोलेनाथ पर आज, आज आपको दूध से अभिषेक करना रहेगा शुभ काला आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा वृश्चिक राशि पर आगे बढ़े उससे पहले एक फोन कॉल और लेते हैं हेलो हेलो जय माता दी आप डुबा देंगे मार्केट आप दुबा देंगे पैसा आपका बहुत डूबेगा चंद्रबा राहू का ग्रहण दोष भी आपकी कुंडली में बना हुआ है मानसिक रूप से बहुत ज्यादा आप अपने आप को अच्छु महसूस करेंगे कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं तो शेयर मार्केट से दूरी बना लीजिए अच्छा सर कोई उपाय जो कर उपाय तो करने है। से कर्जा नहीं उतरेगा ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आपको कुछ करना ही है एक काम आप ये कर लीजिए कि आप एक ओपेल धारण कर लीजिए क्या सर ओपेल एक जम आता है इसको धारण कर लीजिए और चंद त्राटक आपको करना है तो हमारी अगली राशि आती है ये आती है वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जातकों को दूसरे लोग आपसे काफी ज्यादा प्रभावित होंगे आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा पीक पर रहेगा बहुत हाई रहेगा अपनी पुरानी योजनाओं को छोड़कर आज आप नई योजनाओं पर काम करते हुए नजर आएंगे आज आपको अपने ऑफिस की तरफ से कंपनी की तरफ से फॉरन ट्रिप जाने का मौका मिल सकता है पढ़ाई में शिक्षकों का आज आपको अच्छा साथ मिलेगा सपोर्ट मिलेगा जिससे आपको लाभ होगा आज आपके लिए धन लाभ के नए आयाम खुलते हुए नजर आ रहे हैं राशि के हैं विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा आज उच्चाधिकारी आपकी बड़ी प्रशंसा करेंगे नए कामकाज आज, आज आपको मिल सकता है शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाइए बिल्व पत्र चढ़ाइए और जल चढ़ाइए इससे आपके जीवन में खुशियों का समागम होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज कलर शुभ अंग आपके लिए रहेगा छह शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा धनुराशि के जातको आज, आज आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी ऑफिस में आज सभी काम समय से पूरे हो जाएंगे इसका आज आपको भरपूर फायदा मिलेगा दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभूति करेंगे परिवार के सभी सदस्य आज आपसे प्रसन्न रहेंगे के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया एक माला बनाइए उसको चढ़ाने के बाद ओम नम शिवा मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए जिससे आपको भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा शुभ कला आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा मकर राशि तो आज आज आपके में बदलाव आ सकता है आज आप कुछ व्यस्त रहेंगे मकर राशि के है, तो आज कोई नया प्रेम लोगों से आज आपकी अनबन की संभावना पर आज आपको अपने नियंत्रण रखना रहेगा संभल करके किसी से बात करना रहेगा उपाय के तौर पर माता पिता के चित्र छू कर के आशीर्वाद लीजिए और आज नाम का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी रहे ये रहेगी दक्षिण दिशा कुंभ राशि पर आगे बढ़े उससे पहले एक फोन कॉल लेते हैं हलो जय माता दी जय माता गुरु जी प्रणाम प्रणाम जी विकास का हाँ विकास जी बताइए सर आपसे एक जानकारी चाहिए विवाह के सम्बन्धित हाँ जी जी मेरा नाम विकास गुप्ता है जी और मेरा नाम विकास गुप्ता है और जन्म तिथि है अट्ठाईस एक उन्नीस सौ नवासी जी समय है शाम के पांच बज पचपन मिनट जी जी गुरु जी ये जानना चाहता था क्या शादी में समय काफी हो गया है क्या इस साल होगी या नहीं होगी होगी तो कब होगी 2019 में तो नहीं होगी 2020 में आपकी शादी होगी अच्छी शादी होगी और यह शादी आपकी होगी अगस्त के आसपास अच्छा। अगस्त के बाद से योग बनेगा जी, यो बैवाहिक जीवन जी क्या नहीं। हाँ वैवाहिक जीवन आपका ठीक ही रहेगा एवरेज है एक हल्दी की गाठ अपने पास हर समय रखे रहिए बृहस्पति के दिन विष्णु सहस नाम का पाठ करिए ठीक है जी जी तो कुंभ राशि के जातकों आज परिवार के साथ धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे घर में भगवान के भजन सुनने का आज आप आयोजन कर सकते हैं जागरण है का तो कर सकते हैं परिवार में, संती का है का। के मामले में भी सफलता प्राप्त होगी खास करके यदि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है कुंभ राशि के है तो आज दिन बड़ा फेवरेबल रहने वाला है किसी बड़ी कंपनी से जॉब के लिए आज ऑफर आ सकता है कॉल आ सकता है आज उधार पैसा देने से आपको बचना रहेगा बड़ों की राय लेने के बाद ही किसी को उधार आप धन देंगे आज कोशिश कीजिएगा कि वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा अन्यथा आपको जो चपेट इत्यादि लग सकती है और वाहन जब चलाएंगे तो सारे जो जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए साथ में लेकर के चलिएगा अन्यथा चालान इत्यादि भी आज आपका कट सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए जल अर्पण करिए और कपूर से आज आरती आपको करनी रहेगी मंदिर में भी और अपने घर में पूरे घर में कपूर आज आपको जरूर दिखाना रहेगा जिससे आपके मन में सकारात्मक विचार आए आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है ये दूर हो शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है ये आती है मीन राशि लेकिन एक अंतिम फोन कॉल ले करके और अपने इस फ़ोन को अभी हम करते हैं बंद तो हलो हलो देखिए किस्मत कुछ लोगों की बहुत ख़राब होती है फ़ोन लगते लगते कट जाना और जो लोग इतनी देर से ट्राई कर रहे हैं उनका फ़ोन नहीं लग रहा है लेकिन जिनका लग जाता है किस्मत इसी को कहते हैं खैर हुई है वही जो राम रचरा का और दर्शकों आप लोगों के ज्ञान अर्जन के लिए बता दें कि हमने जो है अपने इस चैनल पर महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा हुआ वीडियो पब्लिश किया है इसके साथ साथ शनि का राशि परिवर्तन 24 जनवरी 2020 से जो हो रहा है अभी इसके सारे उपाय हमने बता दिए हैं आप लोग जा करके कर सकते हैं लाभ ले सकते हैं वार्षिक राशिफल दो हजार डाल दिया है दिनांक 17 अठारह अक्टूबर को दिल्ली दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो भी इच्छुक दर्शक क्षेत्र से हैं और मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है आप लोग हमसे आकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं मीन राशि के जात आज के आपका दिन अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ आज आप किसी धार्मिक क्रियाकलापो में भाग ले सकते हैं आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत रहेगा नए और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी रचनात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि रहेगी किसी महिला की मदद से महत्वपूर्ण काम आज आपका बनेगा आज के दिन सरकारी पक्ष में आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपके जो है आर्थिक पक्ष बड़ा अच्छा रहेगा यदि आप फूड से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं कॉस्मेटिक कपड़ों से रिलेटेड करते हैं दूध से, से रिलेटेड तो लाभ होने की संभावना दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा गणपति का पाठ करिए और आज के दिन आप लोग छोटी कन्याओं को कुछ मीठा जरूर दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पांच सोनू मिश्रा कह रहे हैं कमेंट कमेंट देख लीजिए सर तो हमने कमेंट पढ़ लिया हर्षा सक्सेना जी नमस्कार सोनू मिश्रा जी राम राम और केसरिया जी हैं और जीत जी हैं और तमाम देखिये दर्शक हमारे भूपेंद्र पाल जी हैं नमस्कार जी भूपेंद्र पटेल जी शुभम मिश्रा जी प्रणाम जी मनोजगिरी जी नाम मनोजगिरी ठीक है जी मनीष श्रीवास्तव जी रीना राय जी हैं सोनू मिश्रा जी हैं दीप्ति रंजन जी हैं खुशी नागपाल जी हैं और सत्यम प्रधान जी हैं पूजा सिन्हा जी हैं नीलू मिश्रा जी हैं नमस्कार जी बीके पंडित जी हैं राजीव जी हैं आशा पांडे जी हैं विकास गुप्ता जी हैं और तथा जो है भट्टाचार्य जी हैं पूजा सिन्हा जी हैं और मोहंती जी हैं लकी सिंह जी हैं देखिए सब लोग जुड़ गए हैं और सभी लोगों को यशपाल जी हैं बबिता जोशी जी हैं सत्यम प्रधान जी हैं पंडित जी मिथुन राशि है मैं दुबई में हूँ नौकरी के लिए अप्लाई करूं तो क्या मेरी नौकरी लगेगी सत्यम जी सूर्य को अर्घ दीजिए बिल्कुल आपकी नौकरी लगेगी और गाय अगर हो तो गौशाला में चारा जरूर दीजिए जू में आपकी नौकरी लग जाएगी तो दर्शकों ये तो था हमारा देखिए राशि दिनांक सात अक्टूबर का कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने सम्मानित दर्शक देख रहे होंगे इस वीडियो को शेयर जो ऑप्शन है शेयर पर जाएंगे और व्हाट्सएप पर जमकर शेयर करेंगे तो दर्शकों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज जो हमने महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा हुआ वीडियो डाले हैं अगर कुछ हमको आप मानते हैं तो जाइए पूरा वीडियो देखिए कुछ अच्छा ही उसमें से आप लोग लेकर के निकलेंगे सस्पेंस की बात है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और अच्छे कमेंट करिएगा दीजिए इजाजत सरयू जी जुड़ गए हैं राम राम सरयू जी दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय माता दी